ये अपने हाथ से एक ईंटा तोड़ देता है तभी वहाँ दूसरा बैठा दोस्त उसे चैलेंज करता है और वो भी कहता है मैं भी ईंट तोड़ दिखाऊंगा तभी वो पत्थर को मंगाता है और पत्थर मंगाने के बाद उसे तोड़ने के बाद आती है तो वो जैसे ही पत्थर पर वो किस करता है वैसे ईंटा तोड़ देता है लोग सभी हैरान हो जाते हैं